शांति, शांति, ओम शान्ती। ओम शांति क्यों बोलते क्यों? राम राम क्यों नहीं बोलते है? पहले भक्ति मार्ग में तो हम यही कहते थे ना नाम राम राम अभी ओम शांति बोलते हैं आप लोग नहीं जानते होंगे कि ओम शांति क्यों बोलते हैं क्योंकि जब धरा पर परमात्मा आता है आत्मा का ज्ञान देता है हम सब देव में आते हैं तो शांत हो जाते हैं तो इसलिए आत्मिक स्थिति में स्थित को कहता है बच्चे तुम तो आत्मा हो वो आत्मा का गुण तो शांत स्वरूप है तुम क्यों अशांत हो क्यों दुखी हो क्यों चिंतित हो तो हम लोग जो है जो भी इसके मेंबर बन जाते हैं वो एक दूसरे को याद दिलाते हैं ओम शांति मना आत्मिक स्थिति में स्थित हो इसलिए हम संबोधन करते हैं ओम शांति तो आज हमें यहाँ के बारे में मालूम हुआ है दुख का माहौल है और ऐसी विकराल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती ही रहती हैं लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करने के लिए कुछ दिशा हमें दिखानी होती है कुछ नई दिशा अपनानी होती है जैसे कि उदाहरण के रूप में आपको बताएं, एक घटना जैसे कि यहाँ भी है वही, तो एक लड़की थी उसकी शादी हुई साल भर नहीं हुआ उसकी उसके हस्बैंड की डेथ हो गई बहुत धनाढ़ घर की थी वो चाहते तो दूसरी शादी कर देते लेकिन उन्हें लड़की को मंजूर नहीं हुआ तो बहुत दुखी परेशान थे उन तो जाके जगह जगह ऋषियों मुनियों के पास जाते थे हम लोगों का क्या आयास रहे पहले तो महात्माओं के पास जाते थे पंडितों पास जाते थे आचार्यों पास जाते थे समाधान ढूंढते थे तो जहाँ जाते थे तो महात्मा जी से रो के कहते थे महात्मा जी हमारे साथ बहुत दुख की घटना घट गट गई है हमारी बेटी भी बहुत कम उम्र की है और इतनी बड़ी दुर्घटना क्या करेगी मेरी बेटी और मैं बहुत दुखी हूँ तो जितने साधु महात्माओं पास जाते थे सब दुख व्यक्त करते थे कहते अरे तो बहुत गलत हुआ बेचारी देखो कितनी छोटी उम्र की है फिर ऐसे करते करते एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे उनके पास गए तो कहा वो भी जैसे सबके साथ बात करते थे वैसे उनसे भी बात करने लग गए कि मैं बहुत दुखी हूँ कैसे क्या होगा तो महात्मा जी ठहाका मार के हंसने लगे जो हंसने लग गए तो दोनों माँ बाप बेटी शांत होकर खड़े हो गए और मनी मन ही मन विचार करने लग गए कि कैसा महात्मा है हमारा प्रयास कर रहा मैं तो इतने दुखी हूँ और ये हंस रहा है तो क्या हुआ जब वो हंस चुके तो शांत हो गए तो बेटी और बाप उनसे प्रश्न किए कि महात्मा जी हम इतने ज़्यादा दुखी हैं अशांत हैं परेशान हैं और आप हर महात्माओं ने हमारे दुख में दुख प्रकट किया और आप हमारा प्रयास कर रहे हैं हंस रहे हैं तो महात्मा जी ने कहा मैं हंसी ऐसे नहीं हंस रहा हूँ या तुम्हारा प्रयास नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हारी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ मैं एक नई दिशा दिखाना चाहता हूँ तुम्हारी बेटी को कहना आप लोग जो है नर्क के कीड़े नर्क में ही पड़े रहना चाहते हो अरे तुम्हारी बेटी तो भगवान का शरण लेगी और एक विशेष आत्मा बन करके दिव्य जीवन जी व्यतीत करेगी बेटी भी हंस पड़ी बाप भी हंस पड़ा दिशा बदल गई और वो भगवान से जुड़ ली और उसका दिव्य जीवन बन गया और वो जगह जगह प्रवचन करती थी हजारों आत्माओं को दुखी अशांत आत्माओं को ईश्वर से जुड़ाती थी तो हर दुख को सहन करने के लिए नई दिशा देनी पड़ती है नहीं तो इस दुखी संसार में सागर है दुःख का साधारण है नहीं है। तो ऐसे असार संसार ऐसे दुखी संसार सागर में जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन लेकिन चाहे आश्रय है चाहे कितना भयंकर दुख हो लेकिन अगर उसकी शरण में हम चले जाते हैं तो हमारा दुख सुख में बदल जाता है तो इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में दुखों के पहाड़ों को सहन करने की शक्ति जब आएगी जब ईश्वर से जुड़ेंगे लेकिन ईश्वर से कैसे जुड़ेंगे ये से हम नहीं ईश्वर से जुड़ सकते हैं तो पांच तत्व तो है और परमात्मा अविनाशी है तो हम आत्मा से जुड़ सकते हैं इसीलिए सबको आत्मा का ज्ञान दिया जाता है कि आप शरीर नहीं हो आत्मा हो यह समय प्रमाण ये नाले दी जाती है जब मनुष्य की आयु कम हो जाती है सभी एक्टर्स हैं हर एक्टर्स की एक्ट अलग अलग है जैसे कोई रामलीला वगैरह कोई भी लीलाएँ होती हैं तो हर एक के एक्टर्स सब एक्टर कहलाते हैं लेकिन किसी का तो रात भर का रोल होता है किसी का कम रोल होता है किसी का तो दस पाँच मिनट का रोल होता है वो दस पाँच मिनट एक्ट करता है लेकिन एक्टर्स वो सब कहलाते हैं ऐसे बहुत बड़ी बेहद की सृष्टि रंगमंच है और इसमें हम सब एक्टर्स हैं कोई की सौ साल की एक्ट है कोई की पचास साल की एक्ट है कोई की तो जन्म लेते ही मृत्यु अर्थात इतनी कम एक्ट है सब एक्टर्स कहलाते है इसलिए पहाड़ दूर करने के लिए इस सृष्टि रंगमंच पर परमात्मा का अवतरण हो चुका है अब समस्या तो ये उठती है कि हमारी कुछ मर्यादाएं हैं जब भगवान धरा पर नारी शक्ति को विश्व परिवर्तन के कार्य में नियुक्ति दी तो उसने कफनी पहनाई कफनी अर्थात श्वेत वस्त्र तो लोग भ्रमित हो गए कि संस्था से नहीं जुड़ो यहाँ तो सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ेंगे लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि तो भगवान ने नारी शक्ति को विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए बहुत बड़ी नियुक्ति दी हुई है तो इस विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त सबको श्वेत वस्त्र नहीं धारण करने बहुत से ऐसे उदाहरण है जब राजा लोग युद्ध स्तर पर जाते थे तो रानिया भी अपने वस्त्र आभूषण उतार देती थी तो नारी ने भी प्रतिज्ञा की है कि ये जो राक्षसी संसार बन गया है कितना दुख अशांति है कितनी परेशानियाँ हैं आयु मनुष्य की कम हो गई है ऐसे समय पर हमें अपने जीवन को एक शांतमय शीतलमय पवित्रमय और स्वच्छ मन का बनाना। है ऐसी प्रतिज्ञा ऐसे स्टेज पर नहीं आई हैं भगवान ने समझाया कि जो राक्षसी शक्तियां हैं काम क्रोध लो मो अहंकार वो मनुष्य के पीछे पड़ी हैं तो कफनी पहन करके ही विश्व विश्व की स्टेज पर आ जाओ हे मातृशक्ति तुम विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त तुम संसार को नरक से स्वर्ग में ले जाने के निमित्त आत्मा हो क्योंकि क्यों है नारी क्योंकि नारी ही बच्चों का जन्म देती है और जैसे संस्कार बच्चों के देती है वैसे ही संसार बनता है कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नारी की है कई एक उदाहरण है कि एक बच्चा छोटा था तो एक कलम चुरा कर लाया था स्कूल से जब पढ़ने गया तो माँ से उसने बताया कि मम्मी मैं एक कलम चुरा के लाया हूँ तो माँ ने क्या कहा अच्छा है बेटा कल जाना एक कापी चुरा के ले आना हमको खरीदनी नहीं पड़ेगी बच्चा धीरे धीरे खूंखार डकैद बन गया जब उसे फांसी की तकते सजा दी गई तो उसे पूछा गया तुम किससे मिलना चाहते हो तो उसने कहा कि माँ से मिलना चाहता जब माँ आई तो सब खुश हुए कि बेटा बड़ा अच्छा देखे माँ से मिलने के लिए कहा लेकिन जैसे माँ आई उसने कान काट लिए अपने दांतों से और फूट के रो पड़ा उसने कहा ऐ माँ अगर तूने एक कलम मैंने चुराई थी अब अगर उसी समय तू डांट देती तो मैं आज ये फुंखार डकैत तो नहीं बनता और फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ता तो सब लोग जितने खड़े थे रो पड़े कि माँ है जो संस्कार देने वाली इसीलिए परमात्मा ने नियम प्रमाण नारी के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य करा रहा है 140 देशों में संस्कार शालाए खुली हुई सिर्फ संस्कार दिए जा रहे हैं, कोई लंबे चौड़े कर्मकांड नहीं, कांड नहीं द्वापरियुक्त तक लंबे चौड़े कर्मकांड कांड किए और यह अधन हो गया हम आत्माओं का कितनी विकारों की धुआं बढ़ी बढ़ गई है विकार अपना धूम्र प्रदूषण फैलाए हुए हैं मानसिक संतुलन व्यक्ति खो बैठा है विकारों के दलदल में फंसा हुआ कौन निकाले बहुत मेहनत की भक्ति पूजा कर्म कांड तीर्थ व्रत उपवास हमन कुछ भी तो नहीं छोड़ा है लेकिन लेकिन दिन पर दिन विचारों में गिरावट है मानसिक प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है आसुरी शक्तियाँ अपना प्रकोप धारण करके त्राही त्राही मचाए हुए समय पर भगवान धरती पे आके हम सब बच्चों को हम सब मनुष्य आत्माओं को आत्मा का ज्ञान दे रहा है घर गृहस्थी वालों को स्वेत धारण नहीं करने जो विश्व की स्टेज पर आई हैं। इसलिए भगवान धरती पे आया और भगवान के प्यार से सब वंचित रह जाएं। इसलिए सब कुछ क्लियर करके बताना होता है कि सबको घरों में अपने अपने करड़ कपड़े पहनने हैं लेकिन परमात्मा अपना आत्माओं का पिता है ना वो स्वर की सौगात सबको देने आया हम ही लोगों को थोड़ी देगा इतना पक्षपाती नहीं है वो कह रहा है घरों घरों में हर माताओं बहनों को परिवारों को जगाओ और क्या जगाओ जगह तुगे तो हैं लेकिन आत्म जागृति नहीं है शरीर भान में आ चुके हैं बॉडी कॉन्शसनेस में आ चुके हैं भूले करते रहते हैं और भूलों से बचने के लिए हमें आत्मज्ञान की जरूरत है तो आत्मा की के ज्ञान पे प्रकाश डालेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं और आत्मा जो है दिव्य शक्तियों से भरपूर है आत्मा निजी में शांत स्वरूप है प्रेम स्वरूप है आनंद स्वरूप है सुख स्वरूप है पवित्र स्वरूप है शक्ति स्वरूप है ये हमारी ओरिजिनल संपत्ति आत्मा की है मायावी शक्तियों ने हमारी दिव्य शक्तियों को दिव्य खजानों को माया का आवरण पड़ने के कारण हम उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और हम क्या गाते रहते हैं भक्ति में गाते रहते हैं मांगते रहते हैं भक्ति भी चार प्रकार की करते हैं है ना जाएंगे मंदिर में क्या करेंगे अधीनता दुर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, मैं नीच हूँ अधम हूँ पापी हूँ है ना और क्या कहेंगे कि हे प्रभु हमारी लाज बचाओ गाएंगे तन बंदन सबको तेरा ना लागे मेरा और सब कुछ अपना प्रयोग करेंगे कुछ भी शरत नहीं करेंगे कितनी कितनी विडम्बनाएँ हैं स्वार्थ से भक्ति करेंगे मांगते रहेंगे ममता भिकारी रूप में भक्ति करेंगे तो ऐसी भक्ति से हमें क्या प्राप्ति होनी है कुछ भी तो नहीं होनी तो अभी समझ देनी है भगवान दे रहा है कि तुम सब आत्माएं हो कि सृष्टि रंग पर पाठ बजा रहे हो किसी भी दुख में दुखी नहीं होना है और परमात्मा से जुड़ करके अपनी दिव्य शक्तियों को प्रयोग में लाना है तुम्हारे पास धन संपत्ति है लेकिन प्रयोग में नहीं ला पा रहे हो भ्रमित हो तो भ्रम दूर करना है तो इस तरीके से बाबा आ बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं समझ देते हैं और विश्व परिवर्तन का कार्य इतना विकराल चल रहा है कहीं ऐसा न हो कि समय चूके और फिर कापचिकाले कहीं पश्चाताप की अग्नि में न जलना पड़े तो भगवान समझा रहे तुम जब भारत शतयुग था भारत में कितनी चरित्रवान दुनिया थी मनुष्य देवता कहलाते थे आज मंदिरों में कितनी पूजा हो रही है तो तुम ही सब तो थे भूल गए हो अपनी महानताओं को जानो समझो और अपना श्रेष्ठ जीवन बनाने का पुरुषार्थ करो क्योंकि ये समय परिवर्तन की ओर है परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है देखो रात के बाद दिन दिन के बाद रात हम चाहे ना चाहे आ जाता है तो ये सतयुग आने वाला है कलयुग जाने वाला है ये विकराल परिवर्तन सामने खड़ा है तो हम सबको लाभ लेना है और हम लाभ जब लेंगे जब हम शरीर और आत्मा का ज्ञान लेंगे ये बहुत बड़ा विज्ञान है इसमें स्वभाव संस्कार और विचारों का परिवर्तन आता है जो हमारी भ्रांतियाँ हैं उनको हमें ख़त्म करना है परमात्मा आया हुआ है वो सब कुछ लुटा रहा है अपने बच्चों को दे रहा है तो हमें ज़रूर झोली भर भर के लेना है और शांति या समाप्त करनी है स्वेत तो तो किसी को धारण नहीं करना है कोई खान पान की शुद्धि कोई को जैसे खाते पीते खाते पीते रहो लेकिन ईश्वर से तो जुड़ना है परमात्मा से तो जुड़ना है क्यों जुड़ना है क्योंकि जब दुख आता है अशांति आती है कोई बीमारी या रोग होता है तो हम किसको पुकारते हैं हे hey भगवान रक्षा करो हे राम हमारी रक्षा करो हे राम हमारे दुख को मिटाओ राम भी तो चार हैं कौन से राम को हम पुकारेंगे जो हमारी मदद होगी एक तो आत्मा राम है दूसरे दशरथ के राम हैं तीसरे आत्मा को कहते हैं ब्रह्मराम है चौथे परम राम है तो परम राम है वो परमात्मा लाए आलमाइटी अथॉर्टी सर्वशक्तिमान है उसको हम पुकारेंगे तो हमारी हाजिर नाजिर मदद होगी वरना हम देवी से होता हूँ वो आलमाइटी अथॉर्टी नहीं है वो पावर सुप्रीम पावर नहीं है जो हमारी मदद करेंगे इसलिए सबको परमात्मा से जोड़ा जा रहा है और इसी में हम लोगों की भलाई है और हमें हर प्रकार से जी जान लगा कर के अपने जीवन में अपने विचारों को ज़रूर श्रिष्टाचारी बनाना है और अपने ये भ्रांतियों को समाप्त करना है परमात्मा से ज़रूर जुड़ना है तो अब ये एक और उदाहरण देके हम समझाते हैं कि जैसे कि एक गाँव था उसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा पड़ा था लोग निकलते थे कोई मुड़ के निकलता था कोई फाँद के निकलता था कोई कैसे निकलता था कोई को चोट लगती थी किसी की बुद्धि नहीं चलती थी ये रोड़ा हम हटा दें पत्थर हथौड़ा तोड़ तोड़ता के फेंक दें और रास्ता प्रशस्त हो जाए निकलने का रास्ता ठीक हो जाए एक व्यक्ति कहीं दूसरे गाँव से आया हुआ था कहते यहाँ के लोग देखो कैसे रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा है और कोई की बुद्धि नहीं चलती है किसको तोड़ ताल के किनारे कर दें और रास्ता अपना कसर हो जाए निकलने का अच्छा हो जाए वो लाया हथौड़ा उसने दस पाँच टुकड़े किए और फेंक दिया इधर उधर तोड़ के रास्ता साफ हो गया लोग भाई कितना ये होशियार व्यक्ति है इसने तो हमारे कष्ट ही दूर कर दिए वो पत्थर है कौन वो पत्थर है हमारा बेकारों का बुराइयों का हाँ कहते वहाँ नहीं जाना ब्रह्मा कुमारियों में नहीं जाना क्योंकि वहाँ भाई बहन बना देती हैं बहुत बड़ा रोड़ा है काम विकार का उस पत्थर के कारण परमात्मा से कोई जुड़ना ही नहीं चाह रहा है कह नहीं दूसरी संस्थाओं में जाओ वहाँ नहीं जाना तो ये रोडा जो हमें भगवान से अलग कर रहा है परमात्मा से अलग कर रहा है उसके साथ हमें जुड़ने नहीं दे रहा है हम दूर दूर भाग रहे लेकिन एक दिन आएगा जब उसी की शरण में जाना पड़ेगा तो अभी से हम न जाएं उसकी शरण में घबराए नहीं हमारी ओरिजिनल शक्ति आत्मा की शक्ति हमारी पवित्रता है परंतु दापर कलियुग का पाठ बजाते बजाते हम बिल्कुल विस्मत हो गए हैं भूल गए हैं अभी भगवान याद दिलाता है कि हे भारतवासी आत्माएं, तुम तो बहुत महान थे देवतुल्य थे तुम्हारी मंदिरों में पूजा हो रही है भारत का इतना गायन क्यों है भारत पूज्य था भारत महान था भारत तीर्थ स्थान था भारत देव स्थान था भारत में सोने सोने की चिड़िया भारत कहलाता था भारत में दूध दही की नदियां बहती थी ये भारत की महानता गाय किसके ऊपर है आप सब लोगों के ऊपर गाय और आप सब लोग आप सब लोग क्या कर रहे हो तो अभी सबको चेतना लानी है और सबको आत्मा का पाठ पक्का करना है क्योंकि कहावत भी है आत्मज्ञान बिना सब सुना चाहे मथुरा चाहे काशी कितना भी आप तीर्थ व्रत करके आओ लेकिन अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है तो संस्कारों में चेंज नहीं विचारों में चेंज नहीं और देवत्व पद को प्राप्त करना भी नहीं तो इसलिए सबको आत्मा और शरीर का ज्ञान सब के लिए बहुत जरूरी है तो आज ही से यहाँ आज ही से आप लोग जब सोएं कुछ भी नहीं छोड़ें ये छोड़ने के कारण ही तो भगवान बाप से सब दूर दूर बैठे हैं कुछ भी नहीं छोड़ो लेकिन आत्म चिंतन करो कि मैं शरीर नहीं सब जो ये कर्मेंद्रियाँ हैं ये मैं पाठ बजाने के लिए मिली हुई है मेरा संबंध एक ईश्वर से है ये देह के संबंधी देह के पदार्थ हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं इसलिए हमें प्रयोग करने के लिए मिले हैं लेकिन सच्चा रिश्ता हमारा परमात्मा से ईश्वर से है वो भी समय प्रमाण समय बिल्कुल परिवर्तन की ओर है और हम किधर जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं तो परिवर्तन वेला है ये तो इस परिवर्तन वेला में हमें आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान ले करके अपने जीवन को सफल बनाना है सार्थक बनाना है और दुख के पहाड़ों को हम आत्मज्ञान के बिना सहन नहीं कर सकते ये हमारा शरीर भान से आ करके तुम कितना रोएंगे कितना दुखी होगे, कितना चिंतित होगे। इसलिए सबको आत्मा का पाठ भगवान पक्का करा रहा है कि ऐसी दुखी अशांत दुनिया में जहाँ पल पल दर है मृत्यु का तो इस समय भगवान की याद में और स्वयं को आत्मा समझ करके हमें चलना होगा तभी हम इस संसार में अपना जीवन यापन कर सकते हैं और अपना भाग्य विश्रेष्ठ बना सकते हैं ऐसी शिक्षा परमात्मा आकर के हम बच्चों को दे रहे हैं तो भगवान कहते तुम्हारा जीवन कितना हीरे तुल्य था भारत हीरे तुल्य था हीरे की कितनी बड़ी वैल्यू होती हम्म तुम्हारा चरित्र ऐसा खुशबूदार था चरित्र में खुशबू आती थी आज आज मनुष्य का क्या हाल है आज तो मनुष्य के चरित्र में क्या शब्द प्रयोग करें क्या हो गया तो ऐसे समय पर भगवान धरती पर आया हुआ है और नारी को विश्व की स्टेट पर लाया हुआ है तो आप सब लोग भ्रम छोड़ करके आश्रमों में जाएं कुछ शिक्षाएं ग्रहण करें, करें और परमात्मा से संबंध जोड़ें और जो प्राप्तियाँ हैं यहाँ पर सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता वो धारण करें और भविष्य में स्वर्ग जो देने आया सौगात देके के आया भगवान भारतवासी बच्चों के लिए वो सौगात भी हम अपने जीवन में धारण करें प्राप्त करें और तुष नसीब जीवन जिए यही शिक्षा परमात्मा आकर के देते हैं वह से हम मुक्त हो जाएं यही भगवान आकर के हमको राय देते हैं शिक्षा देते हैं तो एक हम गीत के दो शब्द आपको सुनाना चाहेंगे फिर बोलो ओम शांति मैं आत्मा शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप देव स्वरूप, महान हूँ जब हम महानता का वर्णन करते हैं तो हम महान एक दिन बनी जाते हैं एकदम कोई नहीं महान बन जाता है जब छोटा बच्चा जब कोई स्कूल में भेजा जाता है तो कहते हैं गोल गोल बना के डंडा लगाओ एक दिन नहीं दो दिन नहीं दस दिन महीनों लगाता है और फिर कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले ले लेता है इंजीनियर बन जाता है डॉक्टर बन जाता है आई आईपीएस, आई क्या क्या बन जाता है तो आप हम सब लोग हैं थोड़ा थोड़ा प्रयास करें अपने को बिंदु समझें ये शरीर नश्वर है ये आँख नाक खिड़की दरवाजे हमें मिले हुए हैं पार्ट बजाने के लिए तो वर्तमान समय में तीन इंद्रियाँ हमें बहुत धोखा दे रही हैं आत्मज्ञान न होने के कारण बहुत प्रदूषण फैला हुआ है आंखें, कान और जि आंखें जैसे सुंदर स्त्री को देखा आए मंदिर में खड़े पूजा करने के लिए और प्रदूषित हो गई बुद्धि और क्या किया इतना बड़ा काम कर डाला कि पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाल दी आंखें कितना धोखा दो, दे रही सूरदास जी ने तो आंखें फोड़ दी थी बाबा शिव बाबा कहते हैं आँखें नहीं फोड़नी है आंखें प्रकृति के द्वारा मिली हैं पर परम दृष्टिवृत्ति बदलनी विचार बदलने कान क्या करते हैं सुनी सुनाई बातों में बहुत आ जाते हैं इसने तुम्हें ऐसे कहा था उसने तुम्हें वैसे कहा था और जीवन भर के लिए भयंकर दुश्मनी बांध लेते हैं कान भी कितना धोखा देते जीवा क्या करती है इतना कठु बोल देती है अपना तो बत्तीस दांतों के बीच में बैठी है सुरक्षित हम ही लोग गलती कर बैठते हैं ऐसे नहीं कि हम लोगों से कठुता कुछ नहीं निकलती से, लेकिन बाबा से जब बाबा की याद में रहते हैं शिव बाबा की याद में रहते हैं तो 99% नाइन पर कंट्रोल हो जाता है तो इन इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए हमें पूजा पाठ कर्म रामायण गीता पढ़ने से होगा होगा नहीं होगा ना सूखी लकड़ियों पे तेल चावल जो जो डालो हो तो हमन सामग्री जलेगी नहीं जलेगी ना इसलिए परमात्मा की याद एक अग्नि है अग्नि वो दिखाई नहीं पड़ती है प्रज्वलित होती है जब उसको याद करते हैं आत्मा समझ के तो ये बुराइयाँ जो हैं जल जाती हैं भस्म हो जाती हैं और हमारा जीवन एक दिव्य जीवन एक महान जीवन एक देवत्व पद प्राप्त करने का जीवन बन जाता है तो हम चाहेंगे सभी लोग थोड़ा थोड़ा भगवान से जुड़ें और जुड़ करके कुछ न कुछ तो लाभ लें कुछ न कुछ प्राप्ति स्वरूप तो बन जाए तो हम धन्य करेंगे भाई साहब को कि जिन्होंने बाबा के इतने लोगों को संग्रह किया इकट्ठा किया और उनको जो है बाप का संदेश दिया जा रहा तो आपको एक बात बताना चाहेंगे हँसी हंसी की एक नौ साल की लड़की थी एक जगह हम सत्संग करने कराने गए ज्ञान का तो वो लड़की कहती है आप यहाँ क्यों आई हो और सफ़ेद कपड़े पहन के क्यों आई हो यहाँ से जाओ आपका ज्ञान को, कोई नहीं सुनेगा आप यहाँ से जाइए हम मुस्करा रहे थे दूसरे लोगों का सत्संग था उसमें हमने समय मांगा था कि हम ईश्वरी संदेश सबको दे दें थोड़ा समय हमें दे देना वो लड़की विरोध के लिए खड़ी है दरवाजे पर आप यहाँ से जाइए आपका ज्ञान कोई नहीं सुनेगा आप यहाँ से जाइए वो बहन जी ने जिन्होंने हमें स्वीकृति दी थी उन्होंने कहा कि नहीं आइए आप आइए तो देखिए समय प्रमाण एक छोटी बच्ची जिसे कुछ इतना दुनिया का पता नहीं है विकारों का उतना पता नहीं है वो भी विरोध करती क्योंकि समय ऐसा चल रहा है इसलिए समझदारी से काम लेना है सबको खूब कलर्ड कपड़े जेवर जो भी मिला भगवान कहते अपने पूर्ण कर्मों से तुम्हें सब कुछ मिला है उसको छोड़ के मुझे थोड़ी याद करना है वो तो खुद तो ही रहता सबको देता है ना। मन को स्वच्छ बनाना है इंद्रियों को संयमित रखना है और अपना श्रेष्ठ जीवन बना करके क्योंकि आप लोगों के बल पर ही तो भारत की महानता गाई हुई है और कौन था भारत में है ना थोड़ा कृष्ण नाम के बारे में शाठ में आपको बताना चाहूंगी कि कृष्ण के बारे में कितनी क्रांतियाँ हैं कृष्ण जो है विश्वमंदनी है उसके लिए डिग्री लगी है सर्वगुण संपन्न सोला कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण हिंसक योगेश्वर श्री कृष्ण इतनी बड़ी महिमा हमारे वेद शास्त्रों में लिखी हुई है लेकिन सुनाते क्या हैं कि कृष्ण जो है उनको सोलह हजार एक सौ आठ पठरानियाँ थीं आदि आदि बहुत सी बातें लिखी उन्होंने नाग ना उन्होंने मटकी फोड़ी उन्होंने गोपिकाओं को भगाया तो इतना इन्होंने लिख रखा है उसमें सारा बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है वो कहा कि मटकी फोड़ी तो भगवान मटकी तो छोटे छोटे बच्चे भी फोड़ लेंगे वो विस्वंदनीय प्रश्न है अगर उन्होंने मटकी फोड़ी क्या विशालता की मटकी कौन सी ये मस्तिष्क के कपाट भगवान ने कहा खोलो समय आ गया है ज़रूरत नहीं थी जब दापर कलुग का खेल चल रहा था तब जरूरत नहीं थी मस्तिष्क कपाट खेलने की खोलने की अभी समय परिवर्तन की ओर है विश्वविनाश सामने खड़ा है अभी आप लोगों को ये कपाट जरूर खोलने होंगे तो कृष्ण ने ये शिक्षा दी थी कि हे गोपी गोपी काए अपने मस्तिष्क के कपाट खोलो अपने को शरीर नहीं आत्मा समझो उन्होंने चीर चुराए का उनका दोष लगा है कृष्ण तो ने चीर नहीं चुराए उन्होंने कहा ये देह रूपी वस्त्र तो ये चीर कहलाता है बहुत इसकी व्याख्याएँ इसको भूल जाओ अशरीरी अपने को आत्मा समझो इतनी श्रेष्ठ शिक्षाएँ दी थी। उन्होंने नाग नाथे अरे नाग तो सपेरे भी नाथ लेते हैं उन्होंने अगर नाग नाथा तो कौन बड़ी बात की लेकिन ये बिसेले नाग ये भयंकर नाग जो द्वापर युग से कलयुक्त ऋषियों ने जन कितना ज्ञान वेद लिख डाले कितने कर्म कांड किए पर इन पर विजय प्राप्त करने की शक्ति विश्व को नहीं दे पाए तो कौन सा नाग है विकारों का नाग है काम क्रोध लोभ अहंकार बड़े विशैले नाग हैं इनको श्री कृष्ण की आत्मा ने नाथ दिया और विजयी रतन बन गए विश्व बंदनीय बन गए गोपिकाओं को भगाने की बात शास्त्रों में लिखी है तो श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु जगत वंदना कर रहा है कृष्ण की यहाँ पर अगर एक व्यक्ति दो दो शादी कर ले तो अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है और भगवान कृष्ण सोलह हजार एक सौ आठ पटरानियाँ लिए बैठे हैं और फिर भी विश्व वंदनी है श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु जगत उनकी वंदना कर रहा है क्यों श्री कृष्ण ने श्री सिर, श्री राधा एक पत्नी ब्रता जब कलयुग का ऐसे हाल हो सकता है तो सतयुग तो स्वर्ग है ना तो कृष्ण ने कोई भी अमर्यादित कार्य नहीं किया ना उन्होंने मक्खन चुराया मक्खन ज्ञान का चुराया आज के युग में भी देखो अगर घर में दूध दही मक्खन ज़्यादा होता बच्चे छूते भी नहीं हैं इतने तृप्त होते हैं और श्री कृष्ण मक्खन चुरा चुरा के खा रहे हैं ज्ञान का मक्खन जैसे हम एक दूसरे से मुरली हमारी महावाग के आते हैं चर्चा करते हैं आज बाबा ने क्या सुनाया था आज बाबा ने क्या सुनाया था ये मक्खन है एक दूसरे से मक्खन लेते हैं और आत्मा शक्तिशाली बनती है विकारों पर विजय प्राप्त करती है ये मक्खन श्री कृष्ण दिखा तो 16108 हजार प्रश्नानी नहीं थी 16108 सतयुग की प्रारंभिक उनकी श्रेष्ठ भंसावली है प्रश्न की एक बाकी उनको 16000 हजार एक नहीं थीं तो इस तरीके के भ्रम परमात्मा आकर के दूर करते हैं और हमारे जीवन का दिव्यीकरण करते हैं हमारी आत्मा को बनाते हैं पूजनी बनाते हैं हम सब भूल गए थे अपने आप को कि हम सतयुग्ग में देवी देवता थे हम भारतवासी थे विस्मति और स्मृति का खेल है तो आमें हमें स्मृति लानी है कि हम आत्मा हैं और हमारा पिता परमात्मा शिव बाबा है कौन है पिता शिव अच्छा इन्हीं शब्दों के साथ एक गीत हम सुनाना चाहेंगे दो लाइन का है तो ये जागृति का अभियान चल रहा है सबको जगाया जा रहा है तो अब जागो मेरे भाई बहनों अपना सौभाग्य जगाओ तुम अपना सौभाग्य जगाओ तुम पुरुषोत्तम युग संगम का ये सुबह औ शरलाभ उठाओ तुम ये पुरुषोत्तम युग चल रहा है इसमें सत्यु का नाम पुरुषोत्तम युग संगम का ये सुबह औ शर लाभ उठाओ तुम सुबह औ शर लाभ उठाओ तुम कितने दिन से दे रहे तुम्हें न्योता हम भाग्य जगाने का पर तुम बहकावे में आकर दे रहे हो साथ जमाने का अब रहा नहीं है अधिक समय अज्ञान नींद में सोने का अब बाज रही है शंख ध्वनि अब समय आया है जगने का ऊपर से परमात्मा की शंख ध्वनि हो रही है हे आत्माओं तुम तो मेरे बच्चे हो रूहानी बच्चे हो मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा हूँ जागो और मेरे से संबंध जोड़ो ओम शांति